नमस्कार दोस्तों शिक्षा पोर्टल पर कक्षुन्नत का ऑप्शन हुआ ओपन मोबाइल से करें कक्षुन्नत आसानी से तो मोबाइल में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करके एमपी शिक्षा पोर्टल टाइप करेंगे और इसको आगे सर्च कर देंगे तो हमारे पास इस प्रकार का इंटरफेस होगा यहाँ पे यूज़र आईडी डालेंगे यहाँ पे पासवर्ड और एक केपच्चा डाल के यहाँ पर केपचा डालेंगे और लॉग इन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास आगे का पेज ओपन हो जाएगा वो तो यहाँ पे मेन मेनू में हम क्लिक करेंगे हमारे पास आगे वाला पेज ओपन होगा तो इस तरीके से दिखेगा यहाँ पे हम एडमिशन मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे ये एडमिशन मैनेजमेंट है इस पर क्लिक किया तो आगे वाला पेज ओपन हुआ यहाँ पे हम टाइप करेंगे एडमिशन मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद पे सेकंड वाला ऑप्शन फार्मेडे पर क्लिक करेंगे ये देखिए एडमिशन मैनेजमेंट और फॉर्मेटेट पे क्लिक किया तो आगे वाला पेज ओपन हो गया यहाँ पे 17 21 22 यहाँ पे क्लास करेंगे जो प्रीवियस क्लास है वो कर देंगे क्लिक और यहाँ पे 100 स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पूरे उस क्लास के लिस्ट ओपन हो जाएगी जो इस तरीके से रहेगा यहाँ पे आप बच्चा अगर पास है तो उसको पास और उसका परसेंटेज करके सेम स्कूल अगर आपके स्कूल में पढ़ रहा है अगर ऑर्धर स्कूल में हो जाना चाहता है तो यहाँ ऑर्धर पर क्लिक करेंगे ऐसे सभी बच्चों का हमको डाटा फिल करना पड़ेगा और लास्ट में सबसे नीचे वाले हम जगह पे जाएंगे देखिए यहाँ पे कैप्चर डाल देंगे और नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सभी को हम आगे वाली कक्षा में कक्षा कर देंगे